घूंगठ भाई आए तो बड़ी सजी दजी दिख रही हो चमक चौदह से लग रही है बिल्कुल सजे दजे भैया आज दिल बहुत दुखी है हमारा हम बहुत दुखी है, है होगा अरे एक और रावण ना चलो भैया पूरा मेला ऐसे निकल गो वो पानी गिरेगा तो अरे बात बो भैया पानी गिराने की तो फिर का है? बात जो है की हमारे भोपाल के जितने रावण आते ना बेसब इकट्ठे है गए और सबने कई बात करी आंदोलन शुरू कर दे काये, काये, काये को आंदोलन? आरे वो कौन सी फिल्म को टीजर आओबा में कत रावण को भैरूपिया आएगा वो अच्छा। तो रावण ने जो कही जब बैरूपिया पहले मार के जला दियो तो जलंगे चाहे भले हमें शरीर में कितो कष्ट भोगने पड़े सब आईसीयू में पड़े अच्छा वो आदि पुरुष फिल्म आई है रावण कैसा दिखा दो भैया वो तो आतंकवादी लग रहा है भैया कतई आतंकवादी की बात कर रहे है ऐसा लग रहा वो गौरी खाना हुआ तो ना हमारे भैया को मोड़ा दो दो दो बता रहा हूँ मेरे की वो फिल्म थी कहीं की अंग्रेजा ने की हॉलीवुड में बैटमैन जैसी दिख रही बात की नकल करते रहते है और मैं बता रहा हूँ जिन्हें का और कोई विषय नहीं मिलता भैया हमें तो रावणन की चिंता आ रही है कसम तो खा ली आंदोलन कतई अब की बाई काट किसने जनता बाद में अब विद्वान आदमी हजारों साल बाद विचारण को अपनी असमत के लिए बताओ है आंदोलन में उतरने पड़ रहा हो कतई है ज्ञान ही रावण की ऐसी करके रख दई बाकी ना भी हो ना मिल रही है बाकी हमने देखे ना भी हो नहीं है ना भी मरे वह और केस हो रहा केसोरा भैया है ज्ञानी आदमी ना जा की चोटी है ना भाई मुकुट लगाओ है कते छिछोरा छपरी जैसे ऐसे बाल काट के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ऐसा दिखा दो वहां रामायण आई थी तब तो सुन सपाट हो जाती है भैया देखते हो रामायण अपने गांव की गलियन में छपरी घूमे तो कते हैं फिल्म में उठा के देते हो करोड़ की फिल्म है टीवी में देखाते कत अगरबत्ती लेके बैठा थे और वो वो बोड़ा है वो का जो जामे राम बना भैया वह हाँ, जब बाहुअली है बाहुअली में आते हैं भैया जब बटाखे जी में देखा आते हम हैं बस हाँ। शिवलिंग कंधा पे धर के लाओ भैया जे सीटी वज सी वज अम्मा। बो, बो दिमाग खराब है अरे मट्टी मट्टी अपनी, है पतो नहीं है तो बाने कभी देखे पुरुषोत्तम राम रामायण पड़ी वाने कभी ऐसे दिखा रहे हैं कूदा तो फूदा तो है? है? जूता पहन के सिक्स दिखाए के वो कत जंगल में वो रोमांच करत फिर हमारी सीता माता कितनी मर्यादा में रहती है ऐसे हमारी तक घूंगट डाल के है नहीं समझ में नहीं आ रहा बॉलीवुड का कोई विषय नहीं मिलते मरवे फिर रहे हैं हैं ये है? तो जो मजाक उड़ा भी की हर चीज़ हमें तो जब को कष्ट को डायरेक्टर वो ओमरा उसे राइटर है ना मनोज मुंतर बाकी फटे में आएगा शुक्ला लिखना लिख रहे बहुत चीजें काय के काय ऐसे और कोई नहीं है समाज में आधे करवणन से जब हाँ, हम मिले ना आधे जले रावणन ने हमसे पता क्या कही का कह रहे थे उनने कही कि तुमने अब की दारी दशहरा मेला में हमें खड़े करने की जगह ब, ब, म, मनोज मुंतर ओम राउत और और तीनों खड़े कर देते ये हैं, हैं। पब्लिक हाँ। मजा हुआ तो जरा पानी में भीग हो जाते जल जाते मोज समझ में नहीं है तो एक पैसा खर्च करके ये ऐसी चीजें कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं काये है, का, है, का, का मजा मिलतो कछू मजा ना मिलते भैया एक इन लो ने ही इन लोग रख लो कैसे जाए हाँ। हिंदू धर्म की बेज्जती कर दो हिंदू धर्म को कतई मट्टी पलीत करके रख दे हैं पता ज्ञानी आदमी है, तो हाँ। है? हाँ। बने तुम्हें तो मालूम भैया अंतिम समय में लक्ष्मण जी को राम हाँ, भगवान दे दी शिक्षा ले राम भगवान ने बोले है नहीं हमारे देश में भी भूल गए कि भैया सब बर्दाश्त होएगी ज्ञानी आदमी की बेज्य बर्दाश्त ना कर पाऊंगा अब मैं बता रहा हूँ जिनके बुरे दिन आ गए ए अब हनुमान अच्छा, जी को गुस्सा झेला के बारे में जानता हूँ जी सो सो है हनुमान जी ने खेल खेल में सूरज लिगल तो फल हाँ। समझ के हाँ। दो छोटा नहीं तो, तो एक सांस में गुस्सा उन्हीं को गुस्सा ना देखो भैया लंका जलाई डाली होती बहुत ही दिमाग खराब करे ऐसी काम होलीवुड तो दिमाग हो नहीं जैसे लंका जली होती ना भैया लंका जे आप बॉलीवुड को दहन हो हम जब बता दे रहे ये वो आजकल साउथ को सिनेमा ऊपर जा रहा है बनाए गई भैया वो कृति सेना ने सीता माता बना दी सीता माता भैया हमारी कितनी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी होती है उनके विशाल जाती आज रामायण देख पुरानी है? उठा बे बे तो पाँव, की ही जाते हैं कौन सी ड्रेस डिजाइनर कर दिख रहा है बाई काट करो भैया फिल्म उनको आए दिन बेचारे हिंदुओं की बेचती करते हैं तो हाँ ठीक है भैया